अब तो सुधर गए हैं बहुत देख लिया हमने बिगड़ के कुछ मसले छोड़ने के हैं और कुछ है जिक्र के और तेरे जाने का गम नहीं है तुझे मिलेंगे भी जरूर पर बिखर के नहीं निखर के